तो यार मेरे पास ना एक टेबल है एक्सल की अब मैं इससे दो ऐसी चीज सिखाऊंगा जबरदस्त जो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा काम हल्का हुआ है या कम हुआ है देखिए दो चीज़ सिखाऊंगा मैं ये नाम है स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है तहसील है और इसकी कैटेगरी है इस तरह से लंबी लिस्ट है हमारे पास में तो एक तो इसकी हमें समरी बनानी है या कौन सा स्टेट के कितने ओबीसी कैंडिडेट हैं कितने एससी हैं कितने एसटी हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज बनानी है या तहसीलवाइज बनानी है तो ये बहुत लेंदी हो जाता है और आप कैलकुलेट कर कर कर करके ना परेशान हो जाते हैं एक तो ये तो समरी कैसे इंस्टेंट बना पाते हैं हम एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आप समरी के मास्टर हो जाएंगे दूसरी चीज ये है कि ये जो नाम लिखा स्टेट का इसके सामने तो ये भी राजस्थान का है ये भी सेम स्टेट का है ये भी सेम है इनका डिस्ट्रिक्ट भी सेम है जो ब्लैंक छूटा हुआ है उसको आप फिल करते हैं तो मैन्युअली जनरली लोग क्या करते हैं इसको पकड़ पकड़ के ऐसे खींचते हैं नो no, गलत तरीका है एक्सल में इंस्टेंट एक साथ पूरे ब्लैंक कोलन पे ऊपर वाला कोलन को ले ले, यानी ये जो सबसे ऊपर ये है इसके नीचे कि दोनों में ये आ जाए इसके नीचे ये आ जाए और इसके नीचे ये आ जाए इस तरह से तो देखो सिंपली क्या करना डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा को डेटा को सिलेक्ट करके कंप्यूटर से दबाइए कंट्रोल जी ये डेलॉक बॉक्स गो टू का आ जाएगा स्पेशल पे क्लिक करना है यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा ब्लैंक पे क्लिक करना है ब्लैंक आपकी पूरी सेलेक्ट हो चुकी है एक साथ में आप सिंपली कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करिए अब आपको इक्वल टू के ऊपर वाला कॉलन कोई भी कॉलन हो सकता है वो उस पर क्लिक करना है कीबोर्ड से यहाँ पर ध्यान दीजिए की से कंट्रोल दबा के रखना एंटर प्रेस कर देना ये देखिए परफेक्टली इसने सब जगह में जिसके ऊपर वाला नीचे फिल कर दिया तो ये काम आपका हो गया अब चलते हैं अब हमें इसकी समरी बनानी है तो देखो समरी बनाने के लिए पेवेट टेबल होता है एक्सेल में इन और बड़ी ही आसानी से किसी भी तरह की समरी कितनी भी जटिल हो सेकंडों में बना सकते हैं देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको सिंपली पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए जो डेटा से आपको समरी निकालनी है उस डेटा को पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे देखिए ऊपर इंसेट बटन है पे क्लिक करेंगे फर्स्ट में ही आता है है दो ऑप्शन मिलेंगे पिवेट पिवेट चार्ट, तो हमें पे पे जाना है। अब ये आया सिंपली यही देखना है आपको न्यू वर्कशीट में समरी बनानी है या एग्जिस्टिंग मीन जो सामने दिख रही है उसी में तो मैं यहाँ पे न्यू ले रहा हूँ न्यू ले के ओके करते ये ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी देखे इस साइड में उस टेबिल के सारे फील्ड दिखाई दे रहे हैं हमें अब सिंपली क्या करना है एक वैल्यू लेना है इससे ये गिनती करवाना है हमें कि टोटल डेटा हमारे पास है कितना तो मैं सीरियल नंबर को ही यहाँ पर ले लेता हूँ और पकड़ के यहाँ पे वैल्यू वाले कोलन में छोड़ देना इसको देखिए अब ये टोटल कर रहा है चेंज कर देना वैल्यू की फील्ड की सेटिंग यहाँ से देखिए काउंट करवा देना काउंट करवाओगे तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट कर लेगा ट्वेंटी रिकॉर्ड है हमारे पास नो स्टेबिल ठीक है अब देखिए समरी कैसे बनेगी हमें सबसे पहले मान लो पूछा गया कि आप स्टेट वाइज डेटा निकालो किसके कितने कैंडिडेट हैं तो स्टेट को पकड़ना है यहाँ से और रो लेवल में आके छोड़ देना यहाँ पे रो लेवल पे आना छोड़ दीजिए ये लो स्टेट वाइज डेटा आपका परफेक्ट आ गया दिल्ली चार है अब ये पूछे ये चार कौन आदमी है तो देखिये वहां से खोजने में बहुत टाइम लगेगा इसमें टाइम नहीं लगेगा इस फिगर फोर पर आप डबल क्लिक करिए वो फोर कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं ये देखिए दिल्ली के जो चार कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आ चुकी है ठीक है तो इसी तरह से हमें करना क्या है अभी ये स्टेट वाइज होगी अब हमें बोला नहीं यार आप है ना स्टेट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज लेके आओ तो कैटेगरी वाला को पकड़ना है यहाँ से या तो इसके नीचे खींच दो तो ये रो टाइप में समरी बनाएगा या फिर इस साइड में कॉलम लेबल में रखोगे तो ये कॉलम में समरी बनाएगा ये देखें परफेक्ट चार का इसने फिगर निकाला ओ बी सी एक् एस सी दिल्ली स्टेट वाइज इसने निकाल दिया ट्वेंटी टोटल भी इसने कर लिया परफेक्टली एकदम टेबिल आपका जो समरी है वो बन गया अब इसी को यदि आप इसके नीचे भी रखते हैं तो ये इस तरह से बनाएगा दिल्ली ए सी एस जैसे आपको चाहिए वैसे आप बनवा सकते हैं अब इसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लेना है तो इसको डिस्ट्रिक को पकड़ना यहाँ रखना या यहाँ रखना आपकी इच्छा है तो मैं कॉलम पर रखता हूँ ये देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बन गई ठीक है दिल्ली वेस्ट में चार कैंडिडेट है ओ बी सी कैसे है टोटल है सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट इसने बना दी टेबिल को यदि समरी को आपने डिजाइन करना है तो यहाँ से आप अपना बॉर्डर वगैरह दे देना ये जैसे आपकी इच्छा हो ठीक है ये होगी आप देखिए यहां पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमें क्या फिल्टर तो मान लो आपको लंबा लग रहा है ये तो आप इसको स्टेट को उठा उठाकर ना यहां से पकड़ के रिपोर्ट फिल्टर पे कर देना अब देखो ये आल स्टेट दिख रहा है यहाँ पे ये यह आल स्टेट का डि, डि, डिटेल आ गया मान लो हमें आल का नीचे हरियाणा का चाहिए ठीक है ये हरियाणा का गया? आ गया ठीक है इधर आ गया डिस्ट्रिक्ट इधर आ गया कैटेगरी फिगर टोटल अब यहां पर मल्टीपल वैल्यू भी ले सकते हो आप जैसे सिलेक्ट मल्टीपल पर किया तो हरियाणा और केरल और राजस्थान तीन का लेना है तो तीन का भी ले लेगा ये देखो अपने आप निकाल दिया इसने तो इस समरी का ना इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता है तो आप भी ये समरी बना के देखना टेबल में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताना और ना यार वीडियो को ना लाइक नहीं करते हो बिल्कुल लाइक कर देना ज़रूर में और ये समरी बनाने का तरीका कैसा लगा इसके बारे में बताना देखिए अभी मुझे ओ वाले कैंडिडेट जो चार हैं इनकी लिस्ट चाहिए ये देखो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है क्या है इसके नीचे आगे बस सिंपली क्या करना है? डबल क्लिक करना जैसे मुझे चाहिए ये रोहतक का ए का एक बंदा कौन है यहां डबल क्लिक कर दो ये आ जाएगा है ना बहुत ही आसान है इसलिए इसको जब भी काम करते हैं अप्लाई करना कैसा लगा वीडियो जरूर बताना थैंक यू